जाए अगर तुम मिलने आ जाओ तमन्ना फिर मतल जाए अगर तुम फिर मैं चल जाए कमलना फिर मैं चल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ तमलना फिर मैं चल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ फिर मचल अगर तुम मिलने आ जाओ अगर तुम मिलने आ जाओ ये दुनिया भर के सब झगड़े और बिसे बात पे भाते ये दुनिया भर के सब झगड़े और विशा थे और विशा थे हर एक बाला हर एक बाला बला चले जाए अगर तुम्हें बिल ले आ जाओ मन्ना मन फिर में चले जाए अगर तुम घावे जो गहरे मेरे अपने ही मुझको दिए जो घावे हैं गहरे दिए हैं घावे जो गहरे मरहम का काम हो जाए मरहम का काम हो जाए अगर तुम्हें मिलने आ जाओ तमन्ना फिर मैं चले जाए अगर तुम मिलने आ जाओ तमन्ना फिर मैं चले जाए अगर तुम्हें गुलशने की बहारों पे खिजा छाई बहारों पर खिजा छाई ये मौसम भी बदल जाए ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ करे तुम्हें मिलने आ जाओ नहीं मिलते हो तुम मुझको तुम है तो मोह दुनिया से होता है नहीं मिलते हो तुम मुझको तुम है दुनिया से होता है तुम है दुनिया से होता है तो मोह है दुनि क्या से होता है कटे सारे भरम बंधन कटे सारे भर में बंधन अगर तुम्हें मिलने आ जाओ तमन्ना फिर मैं मले जाए अगर तुम्हें मिलने जाओ तमन्ना फिर म चले जाए अगर तुम्हें मिलने आ जाओ तमन्ना फिर म चले जाए अगर तुम्हें मिलने आ जाओ